पता नहीं यार अपनी किस्मत खराब है या ये दुनिया का नियम है कि हम जिसके लिए अच्छा सोचते हैं जिसे अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं और जिसे कभी दूर नहीं होना चाहते वही हमसे दूर चला जाता है